आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दो तक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात चल रही है लेकिन आज भी मध्यप्रदेश के बरेसिया के एक गांव में मरने के बाद दो गज जमीन तक नहीं मिल रही हालात ऐसे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए शेड बनानी पड़ती है तब जाके कहीं अंतिम संस्कार होता है ये वीडियो बरेसिया के ग्राम पोलासगंज कोटरा चोपड़ा पंचायत का है यहां आजादी के 75 साल बाद भी सुविधाओं का टोटा है प्रदेश के विकास की बात तब झूठी लगने लगती है जब मरने के बाद भी अंतिम संस्कार की सुविधा न मिले कोटरा चोपड़ा पंचायत के समाजसेवी नन्नू लाल कुशवाहा को मरने के बाद भी दो गज जमीन नसीब नहीं हुई ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर लकड़ियों की बल्ली का शेड बनाकर अंतिम संस्कार किया तो अब सवाल यह है कि क्या प्रदेश के विकास में अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है या फिर विकास की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं हम बात आजादी के अमृत महोत्सव की करते हैं देश को विकसित देश बनाने की करते हैं लेकिन यह सब बातें तब बेईमानी लगती हैं जब हम मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाते बहरहाल प्रदेश सरकार चाहे तो इन सुविधाओं पर ध्यान दे सकती है ताकि जनता को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिल सके